हल्दी घाटी युद्ध के परम योद्धा राजा रामशाह तोमर मित्रों आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो खबर खबर खबर आपने शायद ही किसी चैनल पर देखी होगी आज एन पब्लिक भारत ऐसी आपको दिखाएगा को देखिए महाभारत के प्रमुख राज्य ग्वालियर में तोमरों ने 130 वर्ष तक राज किया था राजा वीर सिंह देव से लेकर राजा विक्रमादित्य तक नौ पीढ़ियों ने ग्वालियर पर एक छत्र शासन किया उनके गौरवमय इतिहास की गौरवमयता का आज भी किले में बने उनके स्मारक और रचित ग्रंथों से जानी जा सकती है। राजा मानसिंह जी तो भारतीय इतिहास के विरले राजा थे जिन्होंने ग्वालियरी संगीत घराने को जन्म दिया जिस कारण महान संगीतज्ञ बिर और तानसेन निकले राजा मानसिंह के योग्य पुत्र राजा विक्रमादित्य ने सात वर्षो तक लोदियों को मुकाबला किया एवं भारत माता की रक्षा करते हुए पानीपत के युद्ध में बाबर से मुकाबला करते हुए रण क्षेत्र में वीरगति गति पाई राजा विक्रमादित्य के युवराज राजा राम शाह हुए इन्होंने अपने जीवन काल में हिंदुस्तान के नौमे से अधिक बादशाह देखे और तीन मेवाड़ के महाराणा अपने जीवन में सात वर्ष की अवस्था में पिता के वीर प्राप्त करने के पश्चात 1526 से छब्बीस तक चंबल के बीहड़ में ऐसा में रहकर अपने राज्य की प्राप्ति में लगे रहे अंत में जब अकबर की सेना ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तब अपने 500 योद्धाओं के साथ महाराणा उदय सिंह जी के पास मेवाड़ पहुँचे मेवाड़ के अधिपति ने राजा राम शाह का भव्य स्वागत किया मेवाड़ में रहते इन्हे बारी दासौर और भैसरोड गढ़ की जागीर प्रति दिवस आठ सौ नित्य खर्च के देने का आदेश दिया चित्तौड़ के पंद्रह के युद्ध में राजा राम शाह भी थे लेकिन उनके भाग्य में हल्दीघाटी में वीरगति पाना लिखा था इसलिए महाराणा उदय सिंह जी अपने साथ इन्हें भी वहां से साथ लेकर निकल गए महाराणा प्रताप के राजारोहण में इनकी विशेष भूमिका थी जब हल्दी घाटी के युद्ध का बिगुल बजा तब सबसे पहले राणा प्रताप और सभी सामंतगण इनकी टेरे पर ही बैठक करने के लिए एकत्रित हुए थे महाराणा इनका बहुत आदर करते थे जब इन्होंने पहाड़ों में युद्ध करने की सलाह दी तब मेवाड़ के वीरों ने इनका उपहास किया युद्ध खुले मैदान में करने का निर्णय हुआ मेवाड़ की फौज के हरावल पंक्ति में महाराणा स्वयं और दक्षिणी पंक्ति में राजा राम शाह अपने तीनों पुत्रों व पांच सौ वीरों के साथ लड़े युद्ध का विकराल स्वरूप और उसमें लड़ने वाले वीरों की अदम्य शुरता के किस्से आज सभी के सम्म हैं? राजा राम शाह अपने तीनों पुत्रों व तीन सौ वीरों के साथ रक्त तलाई में मेवाड़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी वंश परंपरा में सत्रहवे वर्षधर होने का गौरव रखता हूँ मैंने इन पर शोध पूर्ण पुस्तक भी लिखने का प्रयास किया है मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासविद समाज सेवानिवृत्त आईएएस श्री सज्जन सिंह जी राणावत साहिब का मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मेरे शोध के समय मेरे पत्र के जवाब में लिखा था हम सब मेवाड़ वासी राजा राम शाह के नमक के चुकारे के एहसान हैं। मैंने इस पत्र को पढ़ने के बाद इन भावों को समझा तब मुझे अपने पूर्वजों पर आसीम गर्व हुआ राजा राम शाह और उनको पुत्रों की वीरता पर लिखने से तो अल्बदायु भी अपनी लेखनी को नहीं रोक सका हल्दीघाटी के युद्ध में दोनों ही पक्ष के योद्धाओं को अपने जीवन और प्राणों से बढ़कर मान प्रतिष्ठा की चिंता थी राजा राम शाह के ज्येष्ठ पुत्र युवराज शालीवाहन की राजकुमारी से महाराणा अमर सिंह जी का विवाह हुआ था जिनके गर्भ से महाराणा करण सिंह जी का जन्म हुआ हल्दीघाटी युद्ध के अनेक वर्षों के बाद महाराणा करण सिंह जी ने अपने नाना के ऊपर खमनोर गांव में छतरियां बनवाई जो राजा भामाशाह के बलिदान की वीर गाथा का गुणगान करती है वैसे मेवाड़ के लोग मान सम्मान तो बहुत करते है लेकिन मेवाड़ के राजघराने ने अब ग्वालियर के तोमर परिवार को लगभग भुला दिया है जय मां भवानी जय जय राजपुताना ऐसी और खबरों के लिए एन पब्लिक भारत से जुड़े रहिए आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत एन पब्लिक भारत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद